गाना है कि चिराग जस भतार के पेल के तार तार का ना में पेलो। अरे सारे होला हो ला तो लागत खोल के दे दी बोहनी चिराग जस भतार चाह अरे गधा का लाल जश्न भतारना चाहिए एक और आपका गाना था <laughs> था, ना कपार ठोक से लड़का होला हरे तोरे बुढ़ के वैलुए ना रहते मैंने वो कपार ठोकने की बात कर तो रही <laughs> बात राइटर के भाव ये है ओ हम तो जानी है कपूर अब बो बो मतलब ठोके की बात कर रहा था में एक जोन है ढोड़ी छुबा करेंट लागी ढोरी हवे ना जनरेटर हरे के छुला से करेंट लाग जा दिन बेसि दूर नही जब सब भौज कही ढोरी जनी छु बड़ा लॉन्ड मतलब बड़ा ठंड लागत ये कौन के? मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि ना ना कि कि एटीएम एटीएम से से ही इसमें पैसा आता बताए थे आप। अच्छा। और भाई लोग देखो लो हमार भावे के हमार के तो पता में मतलब दोगला रे। कुछ मूर्ख लोगों को मैं बता दूं कि सामने बैठे बढ़िया हाँ। का बहुत के ला के में डरा ला कही हम तारा पाला मत पर जे तू भगवान से तू गुजारिश कर अगला उजर हो जाये ना चोली पहनते हैं लहंगा पहनते हैं तो लॉन्गटे भाउजी मतलब सरवा हम कहीं के भौजी का है है लगे के I mean हमारा लगे केहू जल्दी ना आवेल आई मीन मतलब हर केहू बैठे ला ना भाजी जब लॉन्गटे रहती है तो सबसे पिलवा ले जातना करा लगे तो भाई लोग वीडियो में आगे बड़े से पहले तमाम तो बहुत ही कमाल बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन के बारे बतावा के तो के में बतावा जा रहा है जो गेम खेलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते तो एप्लिकेशन के नाम है विजो तो भाई लोग तो लो साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक बहुत सारा गेम तहे मिल जा जैसे कि कॉल ब्रेक बवे इन्जो रमी विंजो रमी बवे स्नेैक बबे वर्ल्ड वार बबेबा कैरम बवे लूडो भी तहलोक खेल के मिल जा तो तहलोक एक गेम खेल के भी पैसा कमा सकते अगर गेम खेला नहीं चाहते भाई लोग सिंपल से बात भेजू रेफर में आज हो रेफर में एलक तो तुम लोग अपन दोस्त के पास रेफर कर के दैट मींस तुम लोग अपन दोस्त के पास एक लिंक भेज कोरा से डाउनलोड करवा के पर रेफर पर तुम लोग का ₹100 रुपीस कमा सकत रहो तो ठीक भावे तुम लोग का अपन लाइफ टाइम हम रेफर से अर्निंग करल देखावत है कितना रुपए रेफर का काम कमाई ले मन लाइफ टाइम अर्निंग है जो देख सकत रहो ₹10815 भावे 8 10815 जो से विथड्रॉ हम कहले मन 2000 के समथिंग विथड्रॉ करले मन 2000 के आसपास अभी भी हमारा अवेलेबल बैलेंस भावे ₹8055 तो तुम लोग अभी एकरा में अगर गेम खेलना के चाहत रहो खाली रेफर कर से था, था से रेफर करके कर के से गेम देखे के के के में में गेम मिल जी। और एक लोग तो दिन 10 लाख रुपया विनिंग अमाउंट भी वि तो तो तो बात का डाउनोड कर डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करो और डाउनलोड करके गेम खेलो या गाना कोई अपने लिए नहीं गाता है गाना इंटरटेनमेंट के लिए गाया जाता है हम हजार बार ये चीजें बोल चुके हैं और गाने को इंटरटेनमेंट के तरीके से लीजिए ना यार तो भाजजी हम तोरों से कह देते कि हम जो वीडियो में तारा के पेलनी हाँ अब, अब, अब मतलब मे तार रोस्ट करनी तब तो बस रोस्ट के हिसाब से ले लिया तू तो समझ सकते कितना खत्म आदमी हम तरह से हम कह चाहते भाऊजी जो तू गाना गालू एंटरटेनमेंट का खत्रना खत्रना के के पर का परपस बना मारे काम आवेला। से तू कहा लिखा ला अगर तुम लोग हो बाक सारे मतलब दूसरा तो वीडियो लगा दे सारे अच्छा आगे क्या कुछ आएगा है आएगा थोड़ा थोड़ा कटाएगा और तोह पर बैठा के का सर, आगे कौन ची आएगा नींग दे तारा के तार बोन चलो आगे क्या आएगा तो देखो भैया जी वीडियो के दिल पर मत लिया ठीक भावे तू जानते थोड़ा बहुत वीडियो में पेलो इोह हमारे काम आव है ठीक भव क्यों वीडियो देखिए बस मनोरंजन मजाक खाती वीडियो बनाव गई बस हसा खाती और हंसाई खातिर के भूल दिए हलो और वीडियो तो हम लोग कैसे लग देख के प्लीज सर कमेंट करके जरूर बतलो कमेंट आजकल करते नहीं करो तो वीडियो देखकर ज्यादा अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर दी अच्छा ना लगल वीडियो वीडियो को डिसलाइक करो तो मिलती फिर सेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई